टकर के आकार में गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र होना चाहिए और यह केवल एक बेलनाकार टैंक द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है आयताकार या वर्गाकार टैंकों में गुरुत्वाकर्षण का अपेक्षाकृत उच्च केंद्र होता है जो वाहन की स्थिरता को खतरे में डालता है एक बेलनाकार बर्तन में कोई संरचनात्मक कमजोरियां नहीं होती हैं जिसके लिए सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है